मन और शरीर दोनों के लिए स्वस्थ का रहस्य है अतीत पर शोक मत करो ना ही भविष्य की चिंता करो बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो जीवन में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती है कि आपने कितने अच्छे से प्रेम किया आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठा को जाने दिया दोस्तों, चलिए ऊपर उठे और आभारी रहे क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम मरे नहीं इसी चलिए हम सभी आभारी हैं। दोस्तों इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ दोस्तों इससे पहले आप कहानी में खोज जाए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक गांव में नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए रेत के घर बना रहे थे किसी का पैर किसी के घर को लग जाता और वो बिखर जाता और इस बात पर झगड़ा हो जाता थोड़ी बहुत बचकानी उम्र वाली मारपीट भी हो जाती फिर वह बदले की भावना ऐसी सामने वाले के घर के ऊपर बैठ जाता और उसे मिटा देता और फिर से अपना घर बनाने में तल्लीन हो जाया करता यही बच्चों का काम था महात्मा बुद्ध चुपचाप एक और खड़े ये सारा तमाशा अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे बच्चे अपने आप में ही मुशगुल थे इतने में एक स्त्री आकर बच्चों को कहती है सांझ हो गई है तुम सब की माए तुम्हारा रास्ता देख रही है बच्चों ने चौकते हुए देखा दिन बीत गया है साझ हो गई है और अंधेरा होने को है इसके बाद वो अपने ही बनाए घरों पर उछले कूदे सब मटिया मेट कर दिया और किसी ने नहीं देखा कौन किसका घर तोड़ रहा है सब बच्चे भागते हुए अपने घरों की ओर चल दिए महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों की इस क्रीडा ऐसी कर सकते हो क्यूँकी तुम्हारे बनाए शहर राजधानी सब ऐसे ही रह जाती है और तुम्हें ये सब छोड़कर जाना ही होता है तुम यहाँ जिंदगी की भागदौड़ में सब भूल जाते हो और खुद को कभी मिल ही नहीं पाते जबकि जाना तो सबका तय है इसीलिए कभी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए वर्तमान में जीना चाहिए दोस्त तो इस कहानी को अंत करते हुए चलिए दूसरी कहानी में प्रवेश करते हैं भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे एक दिन प्रातः काल बहुत विच्छु उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे बुद्ध समय पर सभा में पहुँचे पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे क्योंकि आज पहली बार वो अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में रस्सी थी बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठ लगाने लगे वहां उपस्थित सभी लोग यह देख सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया मैंने इस रस्सी में तीन गांठें लगा दी है अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गाँठे लगने से पूर्व थी शिष्य ने उत्तर में कहा गुरुजी इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है इसमें कोई बदलाव नहीं आया है दूसरी तरह से देखे तो अब इनमें तीन गांठे लगी हुई है जो पहले नहीं थी अथा इसे बदला हुआ कह सकते हैं, पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही बदली हुई प्रतीत हो पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है सत्य है बुद्ध ने कहा अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ ये कह के बुध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे उन्होंने पूछा तुम्हें क्या लगता है इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ नहीं नहीं ऐसा करने से तो गांठें और भी कसी जाएगी और इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा एक शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया बुद्ध ने कहा ठीक है अब एक आखिरी प्रश्न बताओ इन गाँठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा शिष्य बोला इसके लिए हमें इन गाँठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध बोले मैं यही तो सुनना चाहता था मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो वास्तव में उसका कारण क्या है बिना कारण जाने निवारण असंभव है मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। लेकिन कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है लोग पूछता है कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं? कोई ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार खत्म कैसे करूं? प्रिय शिष्यो जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते जैसे हम रस्सी की गाँठे खोल सकते हैं वैसे ही हम मनुष्य की समस्याए भी हल कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्याएं भी होगी ही और समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी अवश्य होगा आवश्यकता सिर्फ इस बात की है हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से ले निवारण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा तो दोस्तों अंत में जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा साथ में एक पैरसा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू दोस्तों